शाहतलाई बिलासपुर शाहतलाई का इतिहास विश्वविख्यात योगी और तपस्वी बाबा बालकनाथ जी से जुड़ा हुआ है पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरु दत्तात्र के शिष्य बाबा बालकनाथ पोणहारी ने शाहतलाई में बारह साल तक मारत्नों की गाय चराई थी इस स्थान को छोड़ते समय उन्होंने वादा किया था कि हर वह साल चैत्र माह के महीने सातलाई आएंगे यही एक वजह है कि चैत्र माह में ये मेला आयोजन किया जाता है चेत के महीने और मेलों में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। मंदिर न्याय विजय कुमार शर्मा ने बताया कि मान्यताओं के अनुसार बाबा बालकनाथ गुजरात के जूनागढ़ से भगवान शिव के दर्शन के लिए छातलाई आए थे और यहाँ मैं माता रत्नों की गायें चराते थे इसके फलस्वरूप उन्हें रोटियां और लस्सी मिलती थी गायें चरती रहती थी और बाबा बारकनाथ वट वर्ष के नीचे बैठकर भक्ति में नींद रहते थे ये सिलसिला लगातार बारह वर्ष तक जारी रहा तो एक दिन बाबा तपस्या में मगन थे इसी दौरान गांव ने किसानों की फसल खा ली और किसानों ने मारत्नो के पास जाकर शिकायत कर दी किसानों की बातों में आकर महारत्नों ने बाबा बालकनाथ जी को बुरा भला भी कहा यहां तक कि उन्होंने रोटियां और लस्सी का ताना भी दे दिया बाबा बालकनाथ जी बहुत शांत सौभाग के थे और बुद्धिमत्ता का प्रत्यय देते हुए शांत सुबह से माता रत्नों की सारी बातें स्वभाव से सुनने के बाद बाबा बालकनाथ जी वट वर्ष के खोल में रख दी बारह वर्षों की रोटियाँ और लस्सी में भरा तालाब उन्हें दिखा दिया और तब कहीं जाकर माँ रत्नों को बाबा बालकनाथ जी के दिव्य पुरुष होने का एहसास हुआ उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की लेकिन बाबा उस स्थान को त्याग कर धौलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित गुफा में चले गए और देव में स्थित ये पवित्र गुफा एक धार्मिक स्थल के रूप में विश्वविख्यात है बाबा बालकनाथ ने मारत्नों से वादा किया था कि वे हर साल चैत के महीने में शात आएंगे तो इसीलिए चैत के महीने में शातलाई में मेले का आयोजन किया जाता है मान्यताएं हैं है कि चैत के महीने में बाबा बालकनाथ के दरबार हाजिरी लगाकर रोड चढ़ाने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और समय के साथ मेले का स्वरूप में भी परिवर्तन आया वो पूरे एक महीने के लिए श्रद्धालु तक डेरा जमाए रखते हैं और भारत के कोने कोने से लेकर विश्व के हर देश में बाबा जी के भक्तजन रहते हैं और पूरे साल भर के इंतजार के बाद चेत के महीने में अपने परिवार और रिश्तेदारों के संग गाड़ी और बसों में भर भर कर पहुँचते हैं और खाने से लेकर रहने तक की व्यवस्था बिल्कुल फ्री है बाक़ी आपकी मर्जी है कि आप दान पत्र करना चाहते हैं तो और मेला तो इतना विशाल का होता है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती भीड़ क्यों ना हो बाबा जी ने चमत्कार किए ही ऐसे हैं अपने हर भक्त की मनोकामना पूरी की है जब आप जाएंगे तो आप अपनी आंखों से प्रमाण देखिएगा जब आप पहली पौड़ी चढ़ेंगे देव सिद्ध जाते हुए आगे कोई भी रास्ता चुन लीजिए आपको हर पौड़ी पर दुनिया के कोने कोने से अपनी मनोकामना पूरी होने का इजहार किया है और आप सब जाकर अनुभव कीजिए और जो जा चुके हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए